अरे यार सर ने ये लेटर मुझे हिंदी में टाइपिंग करने बोला है अब हिंदी टाइपिंग तो मुझे आती नहीं। क्या करूँ मैं क्या आपके साथ भी ऐसा होता है Don't worry, अब आपके साथ नहीं होगा। तो सिंपली आपको करना क्या है उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल सर्च करना है पर सिंपली आपको सर्च कर देना है और फर्स्ट -फस्त वेबसाइट पर आपको सिंपली क्या करना क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिंपली हिंदी लैंग्वेज यहाँ जिसके सामने ऑप्शन आ रहा है उसको आपको सिंपली क्या करना डाउनलोड कर देना है जैसे ये डाउनलोड हो जाती है तो इसको आपको सिंपली क्या करना है ओपन कर लेना है और ओपन करके अपने कर कर तो कर कर नोट पेड के अंदर इंग्लिश में टाइप कर रहा हूं कैसे हो आप हिंदी में टाइप हो रहा है इंस्टॉल तो करने से हिंदी वाली लैंग्वेज करनी है तब जाके हिंदी में टाइप हो पाएगी तो ऐसे करके आप में टाइपिंग कर सकते हो और हाँ एक चीज और